कटनी में क्रेशर प्लांट मैनेजर के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी आरोपियों ने मैनेजर को पीटकर बुरी तरह घायल कर दिया मामला अवैध उत्खनन से जुड़ा बताया जा रहा है जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया फिलहाल कुछ लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और मैनेजर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है मैस ग्राम बिजपुरा में मशीन लगाई गयी थी जिस पर वहाँ मौजूद कर्मचारी भोला तिवारी ने मशीन लगाने ऐसी मना किया जिस पर केपी अवस्थी ने अब शब्दों का इस्तेमाल किया और कर्मचारी से प्लांट के मालिक और मैनेजर को बुलाने की बात कही जिसके बाद कर्मचारी भोला तिवारी ने मैनेजर मन कुमार तिवारी को इसकी जानकारी दी और प्लांट पर पहुंचे लोगों ने मैनेजर से मारपीट कर उसे घायल कर दिया जानकारी के अनुसार घटना के दौरान मारपीट करने वाले लोग चार गाड़ियों में आए थे और जिनमें से एक गाड़ी में मैनेजर मनेन्द्र कुमार को राम तोमर के अवस्थी तिलक ग्रोवर रामजी ग्रोवर पकड़कर ददरा टोला बिचपुरा ले गए और वहां पर लात घूसो से मारपीट की मारपीट के दौरान मैनेजर को कई जगह गंभीर चोटें आई हैं घायल मैनेजर का इलाज जिला चिकित्सालय में जारी है पुलिस ने प्राप्त जानकारी के आधार पर आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है जबरदस्ती मैं दो तीन लोगों को भेजा वहाँ पे तो इनको गाली गलॉच करके बोले कि मैनेजर को सेठ को बुलाओ सेठ को भी गाली दिए मैं वहां गया तो मेरे को उठा के गाड़ मैंने मारे फिर अपनी गाड़ी में रख लिया चार गाड़ी में आए थे फिर ले जाके क्रेशर में खूब मारे बोले मार दूंगा गोली मैंने अपने उसमें अभी पैर रख दिया के अवस्थी दादू अवस्थी तिलक ग्रोवर और उसके लड़के और पाँच दस बारह स्टाफ उनका ये पत्थर का अबाद उत्खनन करते हैं हमारे खदान में घुस के मशीन लगा के उठा रहे थे हमारे माइंस में केपी पी अवस्थी जी उत्खनन कर रहे थे हम लोग मना करने गए तो बोले कि गोली मार दूंगा आग लगा दूँगा नहीं यहाँ से सब हट जाओ अपने सेठ को बुलाओ मैनेजर को जब हम बुलाए तो इनको गाली दिए तुरंत मारने लगे और मार के अपने गाड़ी में ला के ले गया फरड़ करके तो लगभग 25-30 लोग आए थे राड से मारे हैं और हाथ और लात से साढ़े चार बजे की वापस अपन थाना में जब रिपोर्ट किए तो टीआई साहब फ़ोन किए तब वो छोड़े हैं